हेलो एवरीवन तो क्या हाल चाल है सब ठीक ठाक होंगे ओके होंगे ओके की रिपोर्ट में होंगे तो यार क्या हाल चाल है ठीक हो तो उम्मीद है सब खर से ही होंगे तो यार आज हमने काफ़ी टाइम हो गया है हमने व्लॉग नहीं बनाया था तो सोचा क्यों ना आज एक व्लॉग बना लिया जाए इन दिनों मौसम भी काफ़ी ठंडा है बारिशें हैं जैसा कि आपको पता है आजकल तो सर्दी ख़त्म हो गई थी लेकिन अब भी वापस ठंड शुरू हो चुकी है जी जी बिल्कुल तो अब सीन कुछ ऐसा है कि आज उलाग बना रहे हैं और इन श्ला हम जा रहे हैं कहीं वो तो आपको पता चल जाएगा वीडियो में तो वीडियो में क्या अभी बता देता हूँ काम के सिलसिले में जाना है आपको पता है आपका भाई काम करता है ज़्यादा ज़्यादा एक दो महीने लगा के छोड़ देता है लेकिन यार हमेशा से ऐसा नहीं था अभी लास्ट बस कुछ थोड़े स्नहरियो बन गए हैं थोड़ी किस्मत ख़राब चल रही है लेकिन कोई नहीं इन अच्छा टाइम भी आ जाएगा बुरा वक्त है गुजर जाएगा तो अभी सीन कुछ ऐसे हैं कि अभी हम जाएंगे वेट है मुझे अब्दुल्ला का जो कि हमेशा मेरे साथ जाता है मेरा पार्टनर और तो कोई है नहीं इधर तो उसी का वेट है अभी बहरा है अभी हमने जाना है तो इन श्ला इन शह अपने काम से देखते हैं सच्ची बात है यार आउट ऑफ कंट्री का ही कोई स्नहरियो बन रहा है देखते हैं कोई वीज़ा शीज़ा मिलता है तो आउट ऑफ कंट्री निकलते हैं वरना हमने क्या करना इधर ही पड़े रहना है और अभी आगे रमज़ान भी आ रहा है जी जी बिल्कुल आगे रमज़ान आ रहा है जिसकी तो ख़ुशी बहुत ज़्यादा है आप सबको बहुत ज़्यादा होगी एक मुस्लिम के लिए लाइक सबसे प्राउड मंथ सबसे अच्छा महीना है। एक यही होता है पूरे साल में एक मुस्लिम के लिए कि एक रमज़ान आ जाता है तो हर भी खुश है तो अभी हमारा भी वही सुनैरियो है तो यार एक और चीज़ के लिए थैंक्स करना था हमारे अभी एक रिसेंटली एक ब्लॉग पे आए 160 व्यूज़ जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मैं अपने इसे बहुत बड़ी अचीवमेंट समझता हूँ तो अभी उसी के लिए थैंक्स कर रहा हूँ यार तो इनशाला आगे भी आप लोग ऐसे ही अगर सपोर्ट करोगे तो हम इन इन शॉग कंटिन्यू रखेंगे वैसे भी मैं कंटिन्यू नहीं रखूँगा इन अपने आप पर मुझे पूरा भरोसा है अभी नहीं है यार एक्सपीरियंस नहीं है इतना तो कोई मसला नहीं लेकिन इन शाला मुझे अपने आप पे इतना भरोसा है ना कि मैं इनशाला कुछ करूंगा कुछ करूंगा इनशाला तो सीन ऐसे हैं कि बुकायासी है तो जब तक हम होते हैं रेडी कपड़े चेंज करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं वेलकम हो गया आपका एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में तो यार अभी हम हो चुके हैं रेडी कपड़े डाल लिए ठीक है, है तो अभी बस वेट अब्दुल्ला का वो आए फिर निकलते हैं तो आप सोचोगे कमरा अभी तक वही है कमरा हमारा हमेशा से यही है इधर ही रहता है आपका भाई इधर सही तो इंट्रो में आपको यही मिला करेगा इसमें हम कोई फातिरफा चेज नहीं कर सकते आगे अपग्रेड इनशाला देखेंगे करेंगे कि करेंगे तो अभी यार बस रेट अब्दुल्ला का वो आए और हम चलते हैं लगता है अब्दुल्ला आ गया है अभी हैं हम लोग रावुल डैम अपने काम शाम निपटा के आ गए थे तो क्योंकि काफ़ी थक गए थे आते हुए बाइक चला चला के रश बहुत था तो इस वजह से हमने कहा थोड़ा स्टेक कर लेना चाहिए ये आप देख सकते हैं लास्ट तक जितना भी है सारा रावल डैम है लेकिन पार्क में हम लोग आए इधर ये साइड है घूमने की इस साइड रश काफ़ी ज़्यादा है मैं वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि औरतें आ जाती हैं बीच में जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता और कुछ लोग होते हैं बुरा मनाया जाते हैं इस वजह से तो अभी हैं हम लोग ले क्यों में आपको शायद मेरी आवाज़ कम आ रही हो देखिए आवाज़ ज़्यादा इस वजह से इधर सब अपने अपने लगे हैं ग्रीनरी इधर बहुत है यार इस्लामाबाद का सबसे अच्छा पार्क है ये इस टाइम आपको दिखा देते हैं वैसे दिखाते हैं ग्रीनरी हाय चेक करें यार ग्रीनरी प्लेस ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल खामोश इधर इधर हम लोग लेट चुके हैं बिल्कुल थक हार के जब होता है ना बंदा तो हमारी यही या हालत हुई हुई है खुले आसमान के नीचे लेट चुके हैं खुले आसमान के नीचे हम लोग भी लेटे हुए अभी तो हम लोग उठ चुके हैं और अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं वापस तो थोड़ी देर आराम किया उठे हैं और अभी निकल रहे हैं वापस अभी देखते हैं आगे पार्क में चलते हैं ये तो साइड एरिया था रेस्ट का घूमने का थोड़ा सा आगे चलते हैं पार्क फिर इधर हमें मैंने गोल्डन मैन जो कि खड़े हैं हम लोग वापस आ चुके हैं पहले हमें पार्क में एंट्री नहीं दे रहे थे जी बो रहे थे कि फैमिली होता भी एंट्री देते हैं फिर आखिर हम दोनों लड़े काफ़ी सिक्योटी के साथ फिर दस पंद्रह मिनट हम लड़ने के बाद जाके हमें एंट्री मिली है एंट्री के बाद जाके बैठे हैं हम लोग ड्रैगन में उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उधर रोकते हैं थी सारी स्कूल की लड़कियां थी कॉलेज की तो इसी नहीं बना सके अच्छा नहीं लगता खुद भी तो इसीलिए बस तो आज का व्लॉग इतना सही है यहीं पर करते हैं एंड उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा तो इन मिलते हैं नेक्स्ट व्लाग में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़